कह तो नि निमने बात घर के सामदारोछ जो हमार बेदना ये हमार बेदना ये हमार बेदना रे हमार बेदना निमने बात घर के समाचार हो उठे जो हमार ब कही तो निमने बात घर के समाचार हो उठे जो हमार बिया बाबू बाबूजी के उप रहे हता जन कहिया बाबू जी के उपटल रहल हसान जन कह घरवा रोज हो जालाबू पवान जन कह घरवा देर बर हो जलाऊ पवान ना तो रोवे लगी हे तो रो वे लगी है हमें सुकवार हो पूछ जो हमारे बेदाना, कह निमने बात घर के समाचार हो पूछ जो हमार बेदाना कह बी रोज काटे जालीघाट कि जन कह बवनी रोज काटे जाली घास जन कह की पैसा के हरदम जोहेली बात जन कह की पैसा के हरदम जोहेली बात ना तो बहे लगी तो बहला के धार हो पूछे जो हमार बदनाथ कहियों निमने बात घर के समाचार हो पूछ जो हमार बदानी ये हमार बदनाथ ये हमार बेदना कहियों निमने बात घर के जन्मने बात घर के सामा क्या समाचारो जो